बांग्लादेश के निर्माण से लेकर परमाणु परीक्षण तक इंदिरा गांधी के इन पांच फैसलों ने देश को दी नई दिशा राज एक्सप्रेस आज पूरा देश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धा नमन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित देश के तमाम लोगो ने इस मौके आरोप इंदिरा गांधी के कार्यो और उनके बलिदान को याद किया गांधी को आज भी एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है लोग उनकी आयरन लेडी भी कहते हैं इंदिरा गांधी की इस छवि के पीछे उनके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं, जिसके आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए थे तो चलिए आज हम इंदिरा गांधी के ऐसे ही पांच बड़े फैसलों के बारे में जानेंगे जिसने देश को एक नई दिशा दी बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने ही पूर्वी पाप के लोगों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के देश का उदय हुआ साल 1971 में इंदिरा गांधी ने साहसिक फैसला लेते हुए दुनिया की परवाह किए बिना भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में खुली छूट दी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए परमाणु परीक्षण अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी ने 18 मई उन्नीस को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया यह भारत को परमाणु सम्पन्न देश बनाने की ओर पहला कदम था हालांकि इस परीक्षण के चलते अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे लेकिन इंदिरा गांधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमेशा सख्त रूप अपनाया उन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की इजाज़त दे दी ऐसा वहां से इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमेशा सख्त रूप अपनाया उन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने के लिए पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की इजाजत दे दी ऐसा वहां से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था इस ऑपरेशन का बदला लेने के मकसद ऐसी ही आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस को एक अध्यादेश के जरिए देश के चौदह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इससे इन बैंकों का मालिकाना सरकार के पास चला गया ऐसा इंदिरा गांधी ने आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया था आपातकाल इंदिरा गांधी के तमाम अच्छे फैसलों के बीच एक फैसला ऐसा है, जिसके लिए उनकी आज भी आलोचना की जाती है दरअसल इंदिरा गांधी ने साल उन्नीस से पचहत्तर के बीच उन्नीस महीनों के लिए देश में आपातकाल लगा दिया था इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी का यह फैसला आज भी कांग्रेस नेताओं को असहज कर देता है